हेलो हाय दोस्तों वेलकम टू डॉटल दो हजार जो है वो सरकारी नौकरी वाला वर्ष है आपका क्यों सरकारी नौकरी वाला वर्ष है आप सभी को पता है 2023 हजार एंड में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो वैकेंसियाँ आनी है वो सब आने लग गई हैं आप सभी के सामने कुछ वैकेंसी अभी रनिंग में है और कुछ वैकेंसीज आने वाली है तो आपको भी मौके का फायदा उठाना चाहिए और मौके पर चौका आपको मानना चाहिए जो आपको मौका मिला है तो उस मौके पर आपको भी चौका मानना चाहिए तो आइए समझते हैं 2023 में किन किन एग्ज़ाम्स पर भर्ती होनी है पटवारी का वैकेंसी आ चुका है जिसमें टोटल 2700 पोस्ट रहेगी अगर आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या आपका डिग्री लगभग कंप्लीट होने वाला है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं जिसका एग्ज़ाम जो आपका होना है वो मार्च में होना है ठीक है ऐसे ही एस एस का भी वैकेंसी आ चुका है अगर आप बारहवीं पास स्टूडेंट हैं तो आप एस एस का फॉर्म भर सकते हैं और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा गोल्डन चांस होगा क्यों क्योंकि नोटिस आया था तब ये जो पोस्ट थी लगभग 25000 थी जो कि अब 45000 कर दी गई है इसका मतलब कट बहुत कम जाएगा आपका मतलब सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ेंगे एक बार ये मौका निकल गया तो अगली बार आपको जो मौका मिलेगा उसमें आपको परिश्रम मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे इसलिए आपको इसी बार तैयारी करना चाहिए और आपका सिलेक्शन आपको हासिल करना चाहिए चलिए ऐसे ही कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी आने वाली है अनुमानित जो पोस्ट है वो लगभग सात हजार आने वाली है अब कार्य आरक्षक की 200 पद अभी निकले हुए हैं इस पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप बारहवीं पास है तो शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आने वाला है और भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है इस साल में ठीक है तो अब अगर आप चाहते हैं कि हम इन नौकरियों की तैयारी करें कैसे तैयारी करनी है क्या चीजें पढ़नी है तो ज्वाइन करें आप उड़ान एकेडमी मॉर्निंग जो बैच है हमारा 8 बजे से 10 बजे तक चलता है और इवनिंग बेच जो हमारा है वो चार शाम 4 से शाम 6 तक का चलता है ये टाइमिंग आपका बढ़ भी सकता है फिलहाल दो घंटे की आपकी क्लास ली जा रही है तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करें क्योंकि कंटेंट हो रहा है सिलेबस हो रहा है आप जितना डिले करेंगे उतना आपका कंटेंट छूटेगा और आपके हाथ से नौकरी फिसलती नजर आएगी ठीक है तो आप जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करें और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं है ना जिस नंबर से आपको ये वीडियो मिल रहा है उस नंबर पर आप संपर्क व्हाट्सअप कर सकते हैं अदरवाइज़ आप 91 वन डबल फोर ट्रिपल फाइव वन टू पर भी संपर्क कर सकते हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं ठीक है YouTube चैनल उड़ान डिटेल शनावत के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे जहां आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं और आपको यहां पर जो सर्विस मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है आपको हमारी ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है जिससे आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने स्तर पर जब आप कोई चीज रिवीजन करना चाहें तो आप घर पर ही रिविजन कर सकते हैं तीसरी चीज आपको एक मिनिमम फीस में यहाँ पर क्लास अवेलेबल करवाई जाती है और इस फीस में आप जिस भी बेच में ज्वाइन कर रहे हैं ये बेच खत्म होने के बाद आप दूसरा बेच ज्वाइन अगर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी मतलब केवल एक ही बार आपको फीस पे करनी है जिसमें आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे तो आज ही ज्वाइन करें उड़ान अकेडमी सनावत अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी कंटेंट आपको मिलेगा वहां भी आप उसे शेयर सब्सक्राइब करें आपको अधिक जानकारी वहां से भी मिलती रहेगी बेल आइकन दबा दे तो जब भी कोई नया नोटिस आएगा जो आपको मिलता रहेगा तो थैंक यू मिलते हैं अपने अगली क्लास में थैंक यू